भाई भाई ओ तो हेलो आप सभी फिर से वीडियो वीडियो अंदर अगर आपको अच्छा लाइक करना करना सब्सक्राइब मेरे चैनल को और बेल जरूर लड़का है बोला कुछ बोलो ये भी सही है चलो बेहतरीन है चल घूमते चलते हैं चलो चल चल चलो चलो चलो हम शुरु कर रहे हैं एक जंगली एरिया में जो कि बेहतरीन बात है मेरे साथ एक लोचा हो गया यार सुबह सुबह नए साल में सुबह सुबह एक लोचा हो गया कि मैं गया था दुकान दुकान सिक्का लेके के और को समान लेना था तो नोट नहीं था सिक्का ही था तो सिक्का लेने सामाना कर दिया वो और बहुत सुबह ही उससे तो मने लगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा ही लगा नया नया साल में थोड़ा सा हो गया बहस हो गया कहा सुनी हो गया थोड़ा अच्छा भी लग रहा है पर कोई नहीं अपनाए हैं थोड़ा सा जंगल के साइड घूमने तो घूम लेते हैं करौंदा है ये जंगल का सैर करने आए हैं बेहतरीन तरीके से आज टूर कराएंगे आएँगे आप लोगों का जंगल का यार वापस चलते हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो ना और किसे ठीक है ठीक है है, ना, बिल्कुल हाँ, हाँ, वीडियो को जंगल में है, बिल्कुल, पैसा का खर्चादार खर्चा क्या पैसा खर्चा भाई के पैसा है okay. ना भाई ओ भाई, <laughs> ओ भाई ओ भाई ओ ओ भाई भाई तो वीडियो को सरपरप्राइज करना ओके वीडियो को सरप्राइज करना सरप्राइज करना ओके हमारे वीडियो वीडियो को को लाइक करना वीडियो को लाइक करना ओके बेल जरूर दबाना बेल बेलाइकन को जरूर दबाना चलो तो, तो ना देखा छोटा सा ओके चल चल चलते हैं तो, तो यार यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो में कमेंट कर देना कि कैसा है वीडियो और एक हजार सब्सक्राइब भी तुरंत कम्प्लीट कर दो मेरे बाई वापस रिटर्न रिटर्न रिटर्न रिटर्न क्योंकि उधर है नहीं जगह तो so, हम बन चुके हैं पार्कर पत्थरों में पार्कर बन चुके हैं वो नाइस तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ।